अगर आप भी चाहते हमारे चेहरे को हर महीने जय बा जब गा में बारती सवाजे वरना जब गा में बाराती सवाजीजे वरना चेहरे बरतिया में मारे कराती है देख भजन के बहनी रे बरतिया में मारे करा दी हमे देख दीजिया के बहनी रे सबक मार करवा के भागे बीच में से ये सेना सबके मार रे सबक मार तरह के भागे बीच में से उरे। के उपा के भागे भैया सुनो के भाग्य वाला बरतिया में मारे करा दी गले के बहनी रे बरतिया में मारे मार करा देखिया के बहन रे बाबा करते बाराती के बीच में जाले बीच में जाके लाइन मारे जाच पड़ते बराती के बीच में उल जाले बीच में जाके सौ राइटर लस संग संजीव सहनी हे भाई सुना पूिव राजा राजू राजा को बहमाल रे बरतिया भरतिया में मार कराती देखो भजन के बहनी रे भरतिया में मारे कदाती के बहनी रे गांव में बारती सबाजी जब गांव में बारती सवाजीजे बरनाचे रे बरतिया बरतिया में मारे दादाजी हले देख भजन के बहनी रे बरतिया में मारे दादाजी हले देख दुजिया के बहनी रे जय बाबा कारी प्रचैन प्रचैन